के दिनांक 17 जुलाई को श्री परिक्चेद सिंह जो कि नरेंद्रदेव पट्टी के रहने वाले हैं उन्होंने थाना सपरथा में एक तहरीर दी कि मेरे ग्राहक सेवा केंद्र पे चार बदमाश आए और 40000 रुपए लूट के ले गए इस संबंध में तत्काल एफ पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई इसमें कल रात में थाना सपरथा पुलिस को भारी सफलता प्राप्त की है जिसमें से दो बदमाश कुल तो चार बदमाश है जिसमें कि दो बदमाश पकड़े गए हैं इनके पास से एक के पास से 25000, हजार एक के पास से 15000 हज़ार बरामद हुई है उसके साथ एक अवैध कारतूस ये भी बरामद हुई है और दो अन्य बदमाश भागने में सफल हुए हैं उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं चारों बदमाश बहुत ही साथिर हैं और सबके खिलाफ लगभग आधा आधा दर्जन मुकदमे हैं जिसमें जो बदमाश भागे हैं उनके खिलाफ एक दर्जन मुकदमे हैं आवश्यक विधि कार्रवाई की जारी, रही है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा घटना काज खिलास इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बदमाश से जो कि नंद तिवारी है उनसे पच्चीस हज़ार रुपये और दूसरा बदमाश जो विपिन तिवारी है उससे पंद्रह हज़ार रुपये बरामद हुए हैं उसके साथ साथ एक तमनचा जो कि घटना में प्रिप्त हुई थी वो, वो बरामद हुआ है और दो जिंदा काफ़ बरामद हुए तब जो पकड़े गए इतिहास करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सबके आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं जो गंती वाली तिवारी है उनसे नौ मुकदमे हैं और दूसरे से आधा दर्जन मुकदमे हैं जो पार्ट दिखा रहे हैं फ्रूट की प्रकृति जैसे मैंने कहा कि ये लगभग डेढ़ बजे सत्रह तारीख को चार बदमाश आए जबकि ग्राहक जब कम थे और शनिवार का दिन था जिस दिन मार्केट लॉकडाउन बंद रहता है उस दिन वो कस्टमर बन के आए और फिर अचानक तमंचा निकाल के और जो वहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र के जो इम्प्लाई थे सिर्फ पच्चीस सिंह के उनसे उनको अपने कब्जे में लेके उनसे चालीस हज़ार रुपया लूट लिया लूटने के बाद फिर वो फरार हो गए इसमें जैसे मैंने बताया तत्काल एफ आई आर पंजीत की गई बदमाशों का धरपकड़ का अभियान चलाया गया जिसमें रात सुलिस को सफलता मिली जिसमें जो दो बदमाश जो कि उस घटना में शामिल थे वो पकड़े गए उनसे चालीस हज़ार की बरामद हुई और तबनछा और काम